गृहमंत्री डॉक्टर नौता मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी साफ हो जाएगा कांग्रेस का मध्य प्रदेश में भी नरोत्तम ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हार से हताश है उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में मंच भर जाता है नीचे कुर्सियां खाली रह जाती है उनको बैलेंस करना पड़ेगा कुर्सियों पर भी लोग बैठे कांग्रेस हारती है तो बदनाम करने का काम करती है उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल के साथ कई प्रदेशों में कांग्रेस सिमट गई है वहीं इस दौरान नरोतम मिश्रा ने कहा कि नवाचार के लिए अगर कुछ आता है तो वह बहुत अच्छा है अब स्थिति ऐसी हो गई है कांग्रेस की ऊपर मंच भर जाती है नीचे कुर्सियां खाली पड़ी रहती है तो उसको तो बैलेंस करना पड़ेगा कि कुर्सियों पर बैठने वाले भी बचे बदली हुई परिस्थिति में बदले हुए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बदला हुआ इलेक्ट्रॉनिक और उसके लिए मंत्रियों की कार्यकुशलता और नवाचार बाकी के प्रदेशों से हमारे मंत्री साथियों को हमारे यहाँ से दूसरे साथियों को केंद्र की मुख्यमंत्री जी ने भी कैबिनेट में कहा गौतम मिश्रा ने कहा कि पंचायत के साथ सीधा संवाद हुआ था अब नगर पंचायत के प्रतिनिधियों से सीएम शिवराज सीधा संवाद करेंगे उन्होंने लव जिहाज मामले को लेकर कहा कि लव जिहाज रोकने के लिए हम इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं मैरिज रजिस्ट्रार ब्यूरो और अन्य शादियों के पंजीयन वाली संस्थानों के पास जब शादी की जानकारी आए तो उसे ये संबंधित थाने में वेरिफिकेशन के लिए दे हम इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि मैरिज रजिस्ट्रार ब्यूरो और जो पंजीयन की संस्थाएं है विवाह की इसमें नोटरी भी शामिल है ये लड़का और लड़की की जानकारी जब उन्हें एक महीने पहले आ जाती है